माना हर बार देखने का दर्शक दा ये नारा प्यार में बलदीम तेरा तुम रखने हर बार वार में कितना दर्शक दा ये नारा प्यार में ओ तुझे देखने वास्ते नहीं तेरे लिए वास्ते मैं हसती हूं जानू छोटा हूं चलो मुस्कुराओ मेरे